अरे हाँ हाँ मम्मी जी मैं कर दिया था तो कर दिया था ठीक हाँ हाँ है अबे क्या कर रहा है मेरा बच्चा चोरी कर रहा है अरे मैडम हम क्यों आपका बच्चा चोरी करेंगे बच्चा नहीं चोरी कर रहा था तो और क्या कर रहा था क्या हुआ मैडम ये मेरा बच्चा चोरी करके भाग रहा था चोर कहीं का नहीं नहीं मैडम मैंने चोरी नहीं करी चोर आप दोनों मेरे को मार क्यों रहे मेरी बात सुनो। अबे क्या है? क्या हो मैडम दहाड़ी मेरा बच्चा चुरा के भाग रहा था देखिए न भैया मोहल्ले का माहौल खराब कर रहे है। चोर नहीं हूं, साम, चोर नहीं हूं। अबे जिस मोहल्ले के जैसे तेरा पेट पलता है तू उसी मोहल्ले का बच्चा चोरी कर रहा है आप तुनों मेरी बात ही सुन रहे हो ना जब से मार रहे हो रुको अभी पुलिस पुलिस को पुलिस को तू नहीं हम फोन करते हैं फोन फोन फोन फोन फोन इधर मेरा फौन, मेरा मेरा मेरा मेरी क्या क्या गलती गलती थी थी जो आपने तोड़ दिया तेरी करो ती पहले तो कर फोन तोड़ के, के हाँ बता रहा हूँ अच्छा नहीं किया तुझे तो मैं बताता हूँ मैंने कुछ नहीं किया मैं क्या हो गया आप लोग क्यों मार रहे इसको उसको मेरा बच्चा चोरी करके भाग रहा था अगर इसने कोई गलती की है तो पुलिस को बुलाओ ना वो फैसला करेगी आप लोग कौन होते हैं मारने वाले साहब मेरी कोई गलती नहीं मैं हूं, शाँ, शाँ, मेरी कोई देखो न साहब बिना गलती मार रहे है जब से मैं बता आप लोग ना ये बहुत गलत कर रहे हो अब ज्यादा ना प्रधान बनने की जरूरत नहीं है इसके साथ क्या करना है आप देख लेंगे चल निकले यहाँ ऐसी हाँ जी मैडम कौन था वो चोर यही था सर जो मेरा बच्चा चुरा के भाग रहा था साहब आप आ गए बचालो बच्चे ने कुछ किया है या नहीं किया है ये तो थाने में चल के पता चलेगा चल अरे सर ये कैसे बिहेव कर रहे हो आप इसके साथ और मुझे बिहेव किया जाता है पहले आप कन्फर्म तो कर लो किसने सच में कुछ किया भी है कि नहीं अभी जब चार लोग बोल रहे हैं किसने बच्चा चुराया है तो मतलब इसने कुछ तो किया ही होगा ना और तू को जो इतना बन रहा है, है। हैं? पर चार लोगों को गलत भी तो तो हो सकती है। तो एक बार साइड में चल मेरे साथ। तू तो कहना क्या चाहता है सर मैं कहना चाहता कि हो सकता है उसने कुछ सच में गलत ना किया हो अगर उसने कुछ गलत नहीं भी किया होगा तो करेंगे सब लोग तो उन्हें और ये बात साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है उसके बाद कोई नहीं मानेगा उसके बचने का तो कोई चांस ही नहीं ना है ना ही हमारे पास कोई गवाह है ना कोई सबूत सर एक बार ना आप उसकी आंखों में देखो आपको लगता है कि वो सफाई करने वाला सचमा बच्चा चोरी कर रहा होगा बात तो सही है पर ये एक रास्ता है हमारे पास क्या? वो देखिए सर सीसीवी कैमरा हमें ना, एक बार फुटेज चेक कर लेनी चाहिए बोल तो सही रहा है चल छोड़ दो साहब बहुत दर्द हो रहा साहब रुक जा तू अभी अंदर से पुलिस आ रही है तुझे तो पुलिस ही बताएगी अब छोड़ उसे मैडम इसने आपके बच्चे को किडनैप करने की कोशिश नहीं की बल्कि आपके बच्चे को बचाया है यही तो मैं देर से कह रहा था कि मेरी कोई गलती नहीं है आप लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे थे ये आप कैसे कह सकते हैं सर? सर दिखाइए। ये, ये देखिए। आप सब लोगों ने बिल्कुल ठीक नहीं किया अभी ना आप सबकी वजह से इस बेचारे की जिंदगी खराब हो सकती थी आगे से चीज ध्यान रखना कभी बिना किसी की पूरी बात सुने इल्जाम मत ना चलता सर मैं थैंक यू कभी भी है ना, बिना सोचे समझे कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए तुम्हें एक मिनट लगी उसका फोन तोड़ते हुए बेचारे ने कितनी मेहनत से पैसे जमा किए होंगे तब ये फोन खरीदा होगा इसने तुम एक काम करो सारे मिल के इसके फोन के पैसे दो या हमने जो भी आपके साथ किया उसके लिए सॉरी और आपने जो मेरे बच्चे की जान बचाई है उसका एहसान तो शायद मैं कभी उतार भी नहीं पाऊंगी और जो हम लोगों ने आपकी बेजती करी उसकी भरपाई भी हम कभी नहीं कर पाएंगे बस हमें माफ कर दीजिए कोई बात नहीं मैम बहुत बहुत धन्यवाद साहब